दरवाजा खोलते ही फिर पीछे पीछे आया किचन में बैठ गया यही करता है है ये हमेशा। हो रहा सुबह के के मैं उठा तो एडिट करने के लिए लेकिन अब की भी कर देते हैं भाई। क्या बात है क्यों क्यों शैतानी देखो ये कैसे लेट गया है और ये चाहता है कि मैं इसको ऐसे रब करूँ इसके बैली पे ताकि इसे आए मजे मजे है इस एरिया का क्विक इंस्पेक्शन भी कर लो कि कहीं इसने पोटी तो नहीं करी दिख तो कहीं नहीं रहा सब कुछ तो तो सही है। है well well well well तो मेरी भी है। और अब मैं जा रहा हूँ सिस्टम पे बैठ के ब्लॉग एडिट करने एक चुपचाप साइलेंटली बिना किसी डिस्टर्बेंस के पूरा फोकस के साथ लास्ट इसने साढ़े खाया था जो इसके डब्बे में डॉग फूड पड़ा था ना दो चार पीस दो चार दाने जो भी थे वही बस इसने खा लिया था उसके बाद ये सोने चला गया था तब से अब तक में तीन घंटे तो बीत गए हैं तो सोच रहा हूँ कि इसको दो चार पाँच बिस्किट जितने भी ये खाएगा इसके डॉग बिस्किट दे, दे देता हूँगा बिस्किट ऑगी बिस्किट खाएगा एक एक खाता है ये बिस्किट समझदार बेटू है मैंने ऐसे आवाज़ करके इसलिए रखा था कि इसको पता चल जाए कि ये यहाँ रखा हुआ है और हाँ मेरा ब्लॉग एडिट हो गया है रेंटर पे लग गया है अभी बज रहा है कितना 7:45 वीकेंड में थोड़ा लेट हो जा रहा है लेकिन वट इट इज़ वीडियो तो पब्लिश हो रही है ना बॉस एवरी डे अ वीडियो री nice, गुड nice, मेरे को खुद भी बहुत अच्छा लगता है कि मैं रोज़ एक वीडियो बना पा रहा हूँ पब्लिश कर पा रहा हूँ और आप लोग उसे देख रहे हो पसंद कर रहे हो है ना इट वील्स वेरी गुड इट वील्स वेरी ऑगी का ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है आज ऑगी हम लोगों से पहले नाश्ता करेगा ऑगी आ जाओगी ऑगी आ, जाओ। आ गया देखो कितना खुश हो जाता है जब खाने की बात आती है तो क्योंकि ओगी अब एक अच्छा बच्चा हो गया है इसीलिए उसको मिलेगी एक बिस्किट की ट्रीट ओगी ओ बेटू बिस्किट खाएगा बिस्किट खाएगा लाला गिराना देखें आधा आधा खाता है इसीलिए मैंने तेरी गोद में मस्त रहता है ये मैंने देखा है तो आज ब्रेकफास्ट में बनने जा रहे हैं आलू और प्याज के पकौड़े बेसन रेडी हो रहा है तब तक मैं यहाँ पे वेजिस चॉप करूँगा तो भैया ब्रेकफास्ट टेबल हमारी सज चुकी है वी हैव प्याज के पकोड़े, मसाला ब्रेड पकोड़ा, प्लेन आलू चिप्स पकोड़ा एंड हरी चटनी जो कि ताज़ा फ्रेशली मेड है आज ही मान गए मैडम आपको सब काम इतनी तेज़ी से स्फूर्ति से अब स्वादिष्ट बना है कि नहीं वो टेस्ट करके बताएंगे मतलब हाँ बना होगा स्वादिष्ट मुझे पता है बना होगा डेफिनेटली बना होगा तो पहले कौन सी खाई पहले चटनी तो निकालो इसमें तो पहले प्लान आलू चिप्स खाएँगे बहुत लवली एक नंबर एक नंबर प्यास के खा के देखते हो तुम खाओ मुझे पता अच्छे बनाया। बनाये किसने है खाओ खाओ, खाओ। लवली चटनी के साथ लवली लग रहा है एकदम गजब अब ब्रेड पकौड़ा आराम से खाएंगे अब पीस पहले खाने दो फिर कैमरा ऑन करते हैं तो अभी को टेरेस पे लेके जा रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है पांच पांच बज रहे हैं लगभग आज इसको वैक्सीनेशन भी लगाने लेके जाना है तो ये हुआ कि चलो पहले थोड़ा टहला देते हैं इसको थोड़ा फील गुड करवा देते हैं फिर वैक्सीनेशन के लिए लेके जाएंगे और फिर तब तक ना अपने डॉक्टर भी आ जाएंगे वहां पे तो ये सही रहेगा अभी घुमा देते हैं टेरिस बढ़िया मौसम ओ माई गॉड ये तो टाइम लैप्स वाली जगह है बॉस आगी आगी ये देखो फिर गंदे में घुसता है ये आदत ही है भाई की क्या कर सकते हैं बहुत ही अच्छा मौसम भाई साहब बहुत अच्छा मौसम बादल देखो कितने वेरिएशन वाले हैं कितने वेरिएशन वाले बादल हैं तू तुम अब शिल्पी प्लीज़ पाइप पुप लगे ना गिर जाएगी अब मैं ये डिसाइड करता हूँ कि मैं टाइम लैप्स इधर लगाऊँ या इधर लगाऊँ ये मैं थोड़ा डिसाइड करता हूँ वहाँ पर भी जाके देखते हैं बादल कैसे हैं अरे यार कसम से गज़ब गजब बाद हाँ, इतनी सारी इतने सारे कबूतर वाव यार नजारा कैप्चर हो गया सीरियसली बहुत ही ज्यादा एपिक मौसम है यहाँ का अच्छा वो नीचे नहीं गए हम पहले प्लान कर रहे थे कि नीचे जाएंगे लेकिन हम ऊपर आए अच्छा किया हमने ऊपर कि हम आए बहुत प्यारा यार मैं तो यहीं लगाऊंगा वहाँ नहीं लगाऊंगा यहीं लगाऊंगा ट्राईपोड लेके आना चाहिए मैं ट्राईपोर्ड ले आऊँ क्या भाग करके मैं ट्राईपोड ले ही आता हूँ या देखता हूँ कहीं यहाँ कहीं फंसा देते हैं ओ भाई साहब क्या हाल है तो मेंटेनेंस वाले भैया पे कुछ मेंटेनेंस का काम चल रहा है आगे को तो मस्त जगह मिल जाती है टहलने घूमने को है ना खेलो बेटा खेलो खूब खेलो दौड़ो यार मैं ना नीचे से ट्राईपोर्ड लेके आता हूँ यार क्योंकि टाइम लैब्स लगाने में दिक्कत हो रही है वहाँ कहाँ रखूंगा मैं यहीं पर अच्छा सीन आ रहा है और जल्दी नहीं लाया तो ये सब चला जाएगा मुझे लगता है जब तक मैं नीचे से वापिस आऊँगा ये चला ही जाएगा तो कुछ और मैं देखता हूँ यार कहीं तो फिक्स होना चाहिए कुछ तो हम लोग वापस आ गए हैं नीचे अपने घर और नीचे आकर के ओगी की हालत दिखाने लायक भाई आप लोगों को ये देखो ओगी की हालत कैसी है पस्त पड़ गया है खेल कूद भी इतना ज्यादा तो अब अपन लोग कोल्ड कॉफी और चीजी प्राइस खा करके अपनी शाम मनाएंगे ओगी को भी शायद इंजेक्शन के लिए लेके जाना होगा शायद देखते हैं क्या है जो भी है और मेरा का का गोप्रो केज आ गया है जो मैं मंगाया था अब इसका अनबॉक्सिंग मैं नेक्स्ट में दिखाऊंगा मैं आज इसको खोलूंगा ही नहीं ओके ठीक है को पे एड करते हैं यहां तक तो वीडियो को देखा और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर करना सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना और इसी तरह प्यार दिखाते रहना प्यार बरसाते रहना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से लेके जा रहे हैं क्योंकि शाम हो गई है है बज रहे हैं हैं हैं लगभग तो तो आज इसको आज इसको इसको इसको वैक्सीन वैक्सीनेशन भी लगाने लेके जाना तो ये कि चलो पहले थोड़ा टहला देते हैं, इसको थोड़ा फील गुड करवा देते हैं, फिर वैक्सीनेशन के लिए लेके जाएंगे ले और तब तक, तक डॉक्टर भी आ जाएगा हमारा चलो। तो